मैं खुद कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा ये मुझे नहीं पता पर तेरे हर सक्सेस पे सबसे तेज ताली मैं बजाऊंगा। तेरी खुशी में मेरी खुशी है